गणतंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे सुनाए सारे जहाँ से अच्छा हिंदो से गणतंत्र दिवस शान ये हमारी है आन अपनी है शान ये हमारी देखे जो इस धरा को देखे जो इस धरा को हरे दम हमें सराहे गणतंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे हम मनाए बनाए गु यह शान है हमारी यह देश है हमारा यह शान है हमारी जन्मी है हम यहाँ पर यह भाग्य है हमारा जन्मी है हम यहाँ पर यह भाग्य है हमारा सपनों से प्यारा अपना स्वतंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे हम बनाए सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता बनाई हमने जन्म है पाया इस हिंद की धरा पर इस हिंद की धारा पर जीना यहाँ है हमको मरना भी है यहाँ पर जीना यहाँ है हमको मरना भी है यहाँ पर गंगा की धारा बहकर कहती हमें हमेशा बढ़ते रहो हमेशा तंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे हम बनाए सारे जहां से अच्छा हिंदो सता बनाए गणतंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे हम बनाए सारे जहां से अच्छा हिंदो सता बनाए मे हमारी देखे जो इस धर्म को हर दम हमें सराहे गणतंत्र दिवस अपना कुछ ऐसे हम नए ना सारे जहां से अच्छा हिंदो सता बना